तो रीमाई के गर्मी बोल रहा तू दही है पर चटरा होता रे? है नहीं आओ बेटा ये बहन चिन्नरा खा खा के लॉकडाउन में गाड़ी कर मोटागुल बै <laughs>